यार करूंगा तो धोखा मिलेगा दोस्ती करूंगा तो हद्दारी अब हमें अकेले जीने का शौक है भाड़ में गई दुनिया सारी खत्म